और आइकन को दोबाना तो ना भूलें इससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले वीडियो आप सभी तक पहुंचते रहते हैं तो चलते हमारे वीडियो की तरफ वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग होने वाला है तो दोस्तों एक नो, आ, नोटिस है एक इंफॉर्मेशन है जो कि आप सभी तक शेयर करने बहुत जरूरी है एक अनाउंसमेंट है कि इट हैज़ बिन डिसाइडेड बाय द कमीशन टू कैंसल द रिटर्न एग्जामिनेशन फॉर द एट्टी पोस्ट डेंटल सर्जन का दोस्तों एट्टी पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था हेल्थ डिपार्टमेंट का वो 26 नौ 21 को होता था रिटर्न एग्ज़ाम ठीक है दोस्तों और इनवाइटेड ओनली कैंडिडेट कैंडिडेटम अर्यर स्पॉन्स फाउंड एलिजिबल कमीशन अपेयर रिटर्न एग्जामिनेशन 26 नौ 21 विल बी एलिजिबल टू अपेयर रिटर्न एग्जामिनेशन टू विल बी हेल्ड ऑन उन्नीस छः बाईस को होगा यही ठीक है दोस्तों ये जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल होकर उन्नीस छः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 इससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले वीडियो अब सभी तक पहुँचते रहते हैं तो थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट गुड इवनिंग